वी वी माइक्रो प्रोग्रामिंग आज का हमारा टॉपिक है और मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और हबीब जी आज हमारे साथ जल्दी जी है, और आज से हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो वी वी माइक्रो प्रोग्रामिंग इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिंग फॉर अप्लीकेशन तो बेसिकली ये आपका वी नहीं है वी स्टूडियो नहीं है क्योंकि इनके जरिए हम एक नया एप्लीकेशन तैयार करते हैं और यहां हम कोई एप्लीकेशन नहीं हम VBA के जरिए एक्सेल के अंदर में न्यू फीचर्स को डेवलप करते हैं तो VBA के जरिए हम बना सकते हैं माइक्रोच हम बना सकते हैं फंक्शंस हम बनाते हैं यूजर फॉर्म तो जो माइक्रोज होता है वो माइक्रोज क्या होता है माइक्रोज जो होता है वो हमारा एक ऑटो टूल ए होता है ट्रिगर टूल्स होता है ऑटो टूल्स होता है मतलब कि जो जिसके जरिए हम अपनी प्रोग्राम को ट्रिगर करते हैं एक तरह से इसको ऑटो पायलट कर सकते हैं कि आपके भी आप पे रिकॉर्ड बनाएंगे और वी, -वी के जरिए जो भी हम बनाते हैं एक चलो माइक्रो ही होता है फंक्शन क्या होता है फंक्शन हमारा फॉर्मूला होता है फॉर्मूला के जरिए हम फंक्शन जो है ये करते हैं वीवीए के जरिए अपने लिए खुद के फॉर्मुल तैयार करते हैं यूजर फॉर्म होता है इंटरफेस कि अपने लिए कोई ऐसा इंटरफेस या फॉर्म बनाए जहाँ पे यूजर अपने हिसाब से इंट्री डाले और उसको प्रोसीड करे अब बात कर लेते हैं माइक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज में क्या डिफरेंस है तो जो रिकॉर्डिंग जो व्यू के अंदर आपके पास जो रिकॉर्ड माइक्रो होता है वो तो बेसिकली वो भी एक तरह के माइक्रो ही होता है तो वो भी वी वी ए प्रोग्रामिंग को यूज करता है जैसे मान लीजिए एफ वन पर मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं कोड भी कर सकता हूँ मैं क्या करूँगा मैं जाऊँगा डेवलपर में विजुअल बेसिक पे और इंसर्ट करूँगा मॉड्यूल्स और यहाँ पे लिखूँगा कि सब्जेक्ट एम अंडर स्कोर वन ओपन क्लोज और यहाँ पर हम लिख लेंगे रेंज F1 वन डॉट वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया 50 तो इसको रन करेंगे यहाँ से रन करें जब चाहे से रन करें तो यहाँ 50 डाल देगा इसी चीज़ को हम रिकॉर्ड माइक के थ्रू भी कर सकते हैं हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे एंड ओके इस पर कर्जर रखेंगे 50 लिखेंगे एंटरप्रेस करेंगे स्टॉप तो हमारा जो रिकॉर्ड माइक्रो जो माइक्रो वन है उसको भी रन करने से यही वर्क होगा तो देखिए रिकॉर्ड माइक्रो ने भी वीवीए लैंग्वेज अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ए भी ने भी वीवीए लैंग्वेज को यूज किया है और हमने भी वीवीए लैंग्वेज को यूज़ किया है तो ये अपना सिस्टमेटिक लैंग्वेज यूज करता है हम अपने हिसाब से जो जरूरत होता वो है वो टाइप करते हैं तो दोनों ही है तो रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है जो कि आपकी माउस और कीबोर्ड इवेंट को माइक्रोज में कन्वर्ट करता है और वी के जरिए हम भी जब कोड करते हैं वो भी एक तरह का माइक्रोज ही होता है और दोनों माइक्रोस को हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कब होता इसका इस्तेमाल करते हैं हम दो दो केसेस में जगदीप जी आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं प्लीज रिकॉर्ड कर लें ऑल प्लस आर हा सही रहेगा तो माइक्रोस का यूज जो हम करते हैं हम दो केसेस में करते हैं रिपीटेड जॉब और लेंथी जॉब ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा है उनके लिए हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं बन जाती है प्रोग्रामिंग के लिए हमें रिसर्च कोडिंग वगैरह करना पड़ता है तब जाके बनती है तो जो काम आपके लिए डेली बेसिस पे है उसी के लिए माइक्रो बनाएंगे ना जो काम फर्स्ट टाइम आया उस पर माइक्रो बना टाइम पास क्यों करेंगे आप हेलो हेलो बोलिए मैं आई तो का यूज होता है जॉब पे या फिर लेंदी जॉब जैसे कि कोई ऐसा काम आया जो वन टाइम तो है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है उस पर माइक्रोज यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे फॉर्मूले का यूज आप खुद के अपने हिसाब से अ, मोडिफाइड फॉमूले के लिए कर सकते हैं या फिर जो फॉर्मूले जो एक माइक्रो में वर्क हो एक्सल में वर्क एक हो उसके लिए भी कर सकते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल तो फार्मूला जो बनाएंगे वो हम नॉर्मूल एक्स में इस्तेमाल करेंगे और माइक्रो के भी इस्तेमाल करेंगे और जो इंट यूज फॉर्म होता है वो इंटरफेस के लिए यूज होता है जैसे पॉपअप वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात आती है कि माइक्रो का यूज करेंगे किसके लिए देखिए क्या होता है कि माइक्रो का सिक्योरिटी होता है बाई डिफोर आपका डिसेबल होता है जिस कारण से जब भी कोई मैक्रो फाइल आप ओपन करते हैं तो आपसे पूछता है कि डिवान टू अनेबल मैक्रो का अलर्ट देता है तो अगर आपने ऐसा मैक्रो ऐसी फाइल पे मैक्रो लगाया है जो 20-25 लोगों को भेजना है 20-25 लोगों को भेजना है ऐसे माइक्रो पर आप जो है आ, री यूज ना करें क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को माइक्रो के बारे में पता ना हो कुछ लोगों को माइक्रो के बारे में पता ना हो तो वो लोग क्या होगा जब फाइल ओपन करेंगे तो उनसे पूछेगा अनेबल माइक्रो सिक्योर अलर्ट देगा तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए तो आपको हर किसी को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये आपका एक्स ए है मैक्रो है प्लीज करो तो उन लोगों को भेजना आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा ये समझ में आएगा आप लोगों को जो ऊपर के ऊपर जो ये आता है, है ना हाँ, मतलब कि वो तो मैं बताऊंगा आपको लेकिन मैं ये बोल रहा कि अगर आप अगर मैक्रो यूज कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि हम मैक्रोज बहुत सारे लोगों को भेजना है तो अवॉइड करें जब तक ज्यादा जरूरी न हो, तक तक ना हो तब तक मैक्रो न लगाएं क्या तो जगदीश जी मैं सही बोल रहा हूं ना सही बोल जगदीश जी आवाज आ रही मेरी आपको म्यूट है म्यूट करेंगे सुन पाऊंगा हेलो जगदीश जी I think नहीं को नहीं पहुंचती हेलो, सर, हाँ सर आप आप हैं हैं हैं, ना सिस्टम पे? तो तो क्या मैंने बताया आपको कि आप आपको कि को तो अगर कोई बनाते लोगों को भेजना है तो ऐसे जो पे मैक्रो जब तक जरूरी न करें, क्योंकि 50 लोगों में से हो सकता है कि 20 लोग मैक्रो से फैमिल न हो ठीक है इसलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन कि माइक्रो को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या चीज रेडी करनी होगी दो चीज दो तीन चीज है सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में जाएं ऑप्शन पे जाएं और यहां कस्टमाइज रिबन में यहाँ से ला दे पहले चीज दूसरी इसकी माइक्रो सिक्योरिटी को आप अनेबल कर लें अगर माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल नहीं करेंगे तो आपका हर बार माइक्रो uh, को फाइल खोलते अनेबल भूलिया जाएगा लेकिन जब अनेबल करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड पोटेंशली डेंजरस कोर्ट कैन रन तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सल माइक्रो लगा है तो यहाँ पर ध्यान देखिए अगर आपके पास इस तरह का फाइल आइकन है जिसपे डॉट एक्सलेस का ऑप्शन आता है ये आपका नॉर्मल एक्सेल है इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकता है ठीक है आप अगर आपका इस तरह का ऑप्शन है तो ये आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक है इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग होने के चांसेस हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वी प्रोग्रामिंग ही होगा ये कुछ और भी हो सकता है राइट right? राइट right. उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है ए अगर इस तरह का आइकन इसको बोलते आईक्रम आड इन फाइल अगर इस तरह का ऑप्शन है तो हंड्रेड परसेंट इसमें प्रोग्रामिंग लगी हुई है हंड्रेड परसेंट इसलिए इस फाइल अगर अन है आपको इस पे विश्वास नहीं है ऐसे फाइल को ना खोल मेरा सजेशन तो यही है सर चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आ, बैक टू एक्सेल तो अब हम जो ये हो गई ये दो चीजें हो गई उसके बाद फाइल को सेव करना है आपको माइक्रो एनेबल वर्कबुक में कि तो गलती से फाइल अगर एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दी तो ये माइक्रो आपको वर्क नहीं करेगा उसके बाद हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक पे जब भी जरूरी नहीं है कि आपका इंस्टॉल करना है इसकी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं हो एक्सेल के साथ अन... इनबिल्ड होता है ठीक है तो इस पर आप क्लिक करें क्लिक करते इस तरह का विंडो खिलेगा इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपका जितने भी फाइल खुले होंगे ना सर उन फाइल का लिस्ट यहां दिखेगा अब सर, दो नहीं है, ये एडिंस एडिंस का लिस्ट आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको जो प्रोग्रामिंग करनी है वो किस फाइल पे करनी है अब दूसरी चीज ये कि नहीं आएगा इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोअर्डो बोलते हैं प्रोपर्टी बार अगर एक मान लीजिए किसी ने हटा दिया है नहीं है तो यहाँ से आप ला सकते हैं इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर और इसका शॉर्टकट होता है एफ फोर यहाँ अभी ना मिले तो आप व्यू में जा कर ला सकते हैं तो दो चीज़ नेविगेट करने के लिए चाहिए तो जैसे ये इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ आपको दिखेगा अब बात आती है कि आप कोड कहाँ करें क्या सीट वन पे डबल क्लिक करके कोड करें या सीट टू पर सीट थ्री पे देखिए जो कोड हम बेसिकली करते हैं वो इन पे नहीं करते क्योंकि अगर मान लीजिए सीट वन पे आपने कोड किया तो सीट वन के प्रॉपर्टी के साथ सेव हो जाएगा जैसे ही सीट वन डिलीट हुआ ये भी अपने आप को डिलीट कर आपका कोड डिलीट हो जाएगा तो बोलेगा सर दिस वर्कबुक में कर लें तो इसमें एक यही प्रॉब्लम नहीं है एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपने अगर कोड किया है दिस वर्कबुक में चाहे सीट में तो दूसरे फाइलों से जो है इसका लिंकअप करना मुश्किल होता है मतलब कि नेविगेट करना और दूसरे फाइलों का रेफरेंस देना वो तो ऐसे नहीं करता एरर देगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए हम हमेशा मॉड्यूल्स में करते हैं तो मॉड्यूल कैसे इंसर्ट करें यहाँ इंसर्ट पे जाएं मॉड्यूल को सिलेक्ट करें और इंसर्ट करें तो ये आपका मॉडूल वन टू इस तरह से आ सकता है एक मॉडूल में कई सारे माइक्रो बना सकते हैं क्योंकि जो कोडिंग करेंगे हम वो किसी माइक्रो के अंदर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक माइक्रो क्रिएट करना होगा और माइक्रो क्रिएट करने के लिए आप यहां पे पब्लिक सब से शुरू कर सकते हैं या फिर आप यहां सिर्फ सब से भी शुरू कर सकते हैं पब्लिक देना जरूरी नहीं है तो सब माइक्रो का नाम राइट right? जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट और ब्राइकेट ओ पेन क्लोज और एल्टरप्रेस करें तो एक माइक्रो डिक्लेयर हो गया अब एक्सल फाइल में आप जाएंगे और माइक्रोज में जाएंगे तो ये आपका टेस्ट का लिस्ट में आपको माइक्रो लिस्ट में टेस्ट आ जाएगा जहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं अब जो भी प्रोग्रामिंग लिखनी है हमें इस सब और एंड शब के बीच में लिखनी है इससे बाहर नहीं लिखनी है बाहर अलग लिखोगे फिर उसके लिए आपको अलग माइक बनाने बनाने पड़ेंगे तो जब तक आप सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते हो तब तक प्रोग्रामिंग नहीं करना है और जब सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया उसी के बीच में आपको प्रोग्रामिंग करनी है अब माइक्रो का नेम जो डिफाइन करते हैं, इसमें भी एक कंडीशन uh, है जैसे मान लीजिए टेस्ट टूडे अब ये माइक्रो नेम सही है अब इसके बीच में स्पेस डाल दिया तो एक गलत होगा डॉट डाल दिया डैश डाल दिया मल्टीप्लाई डाल दिया डिवाइड डाल दिया किसी भी तरह के स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय अंडरस्कोर का ठीक है अब इसमें एक कंडीशन यहां दे देख ली है कि नाम जो है आपका एक नाम के दो माइक्रो जब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और माइक्रो बनाना चाहता हूं तो सब तो मुझे यहाँ पे एक नाम के दो माइक्रो नहीं बना सकता ठीक है एक नाम के एक एक फाइल के अंदर दो माइक्रो नहीं हो सकता अलग अलग फाइलों में हो सकता है लेकिन एक फाइल में नहीं हो सकता दूसरा इसमें आप जो है थ्री डिजिट का अल्पाने राजवन एक गलत है क्यों गलत है क्योंकि जैसे यहां पर हम राजवन को सिलेक्ट करेंगे तो रन नहीं होगा राजवन पे पहुंच जाएगा क्योंकि राजवन नाम का ऑलरेडी हमारे पास सेल एड्रेस है इसलिए अगर आपको राजवन देना है तो इसके बीच में अंडर लगा दीजिए क्लियर है क्लियर क्लियर आपको डाउट है अभी भी जी कोई इसमें नहीं सर क्लियर है क्लियर, है, क्लियर है। तो इस तरह का आप जो है माइक्रो डिक्लेयर कर सकते हैं राइट right? अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में जानना जरूरी है कि टाइप ऑफ माइक्रो क्या होता है देखिए अभी जो हमने माइक्रो बनाया है चाहे रिकॉर्ड किया हो या खुद से बनाया है उनको मैं यहाँ कहीं भी रन कर सकता हूँ देखिए यहाँ पे देखिए रन हो सकता है मैं दूसरे फाइल में से मान लीजिए एक और फाइल खुला है मेरे पास बुक से यहाँ पर ये यह है आपका ऑल लीड करके खुला हुआ है मैं इस पर भी जाऊँगा डेवलप करके माइक्रोज में मुझे यहां भी इसका माइक्रोव मिल जाएगा ठीक है तो आप इस अपने माइक्रोव को रन कर सकते हैं कहीं भी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है ये फाइल जिसमें माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है आपने जो कोड किया है वो फाइल ओपन होना चाहिए अगर वो फाइल ओपन नहीं है तो आपको दिक्कत हो समझ आप आएगा ऐसा क्यों इसके लिए आपको समझना होगा टाइप ऑफ माइक्रो बेसिकली माइक्रो जो है तीन तरह के होते हैं। पब्लिक माइक्रो जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है डिजाइन किया इसको पब्लिक माइक्रो कहा जाता है क्योंकि ये आपके फाइल की प्रॉपर्टी जो माइक्रोज दिख रहे हैं ये आपके फाइल के प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होते हैं जहां जहां फाइल आपका ट्रेवल करेगा वहां वहां आपकी भी ट्रेवल करेंगे ठीक है जहां जहां आपका फाइल ट्रेवल करेगा वहां वहां माइक्रो भी आपका ट्रेवल करेगा नहीं सर नहीं, नहीं जैसे कि ये बुक सेवन मैंने जिग्नेश जी को दिया सॉरी जगदीश जी को दिया तो ये बुक सेवन जगदीश जी भी यूज कर सकते हैं समझे ओके okay, सर मतलब कि यह फाइल जगदीश जी को भेजूं या ललित जी को भेजू हर कोई इसका माइक्रो यूज कर, कर सकता है okay, क्योंकि ये माइक्रो इसी फाइल के अंदर स्टोर है और पब्लिक माइक्रो है हमने पब्लिक माइक्रो बनाया तो पब्लिक माइक्रो माइक्रो के साथ ट्रेबल करती है फाइल के साथ ट्रेबल करती सॉरी फाइल के साथ ट्रेवल करती है और दूसरा हम पब्लिक माइक्रो को किसी भी फाइल पे रन कर सकते हैं ठीक है किसी भी फाइल पे? लेकिन कंडीशन ये है कि जिस फाइल में मेरा माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है या कोड हुआ है वो माइक्रो वो, वो फाइल आपका ओपन होना चाहिए अगर फाइल वो क्लोज है तो लिस्ट में आपको माइक्रो नहीं दिखा मैं बुक सेवन को अगर क्लोज कर दूं तो ये तीन माइक्रो मुझे दिखेंगे ही नहीं सर आगे बढ़ा रहे हो क्या जी हाँ मेरे को क्या बताया सर ठीक है मैं रिकॉर्ड कर लिया मैं आपको भेज दूँगा क्लास के ठीक है मैं भी पढ़ा रहा हूं टाइप ऑफ माइक्रो कि माइक्रो के कितने टाइप होते हैं जी तो पहला होता है पब्लिक माइक्रो तो पब्लिक माइक्रो फाइल के साथ सेव होता है जहां जहां फाइल जाता वहां वहां आपका ट्रेवल होता है अगर वो फाइल सेव ओपन है जिस फाइल में माइक्रो रिकॉर्ड की गई है कोड की गई है तो आप किसी भी फाइल पर उसको रन कर सकते हो किसी भी ओपन फाइल में इसको रन कर सकते हो अब इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है मान लीजिए मुझे एक कमांड बनाना है हाईलाइट ग्रेटर का राइट right? अब मैंने बना लिया रिकॉर्ड कर लिया बुक सेवन में अगर मैंने बुक सेवन को क्लोज कर दिया और मैं बुक फाइव पे मुझे इस मैक्रो को यूज करना है तो बुक फाइव पे तो हमारा मैक्रो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि लिस्ट में ही नहीं आएगा क्योंकि बुक सेवन बंद हो चुका है ना जी सर क्योंकि पब्लिक माइक्रो तभी दिखेगा जब आपका जिस फाइल के अंदर माइक्रो ओपन हो अगर फाइल क्लोज तो माइक्रो क्लोज सर तो उसका सलूशन दो सलूशन है उसका सलूशन है प्रसनल माइक्रो प्रसनल माइक्रो और एड तो जिसे आप रिकॉर्ड करते हो रिकॉर्ड करते समय ही यहां पे स्टोर माइक्रो इन इस पर अगर आपने प्रसल को सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है ये किसी फाइल के अंदर स्टोर नहीं होगा सर जी कहा स्टोर होगा वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होगा समझे जी। और हर फाइल के साथ आपका जो, जो भी कोई नई फाइल ओपन करेंगे पुरानी फाइल ओपन करेंगे माइक्रो में जाएंगे तो वहाँ वो लिस्ट में आपका प्रसनल माइक्रो दिखेगा मतलब कि आपको माइक्रो रन करने के लिए अपनी कोई भी फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है वो माई, प्रसनल माइक्रो आपके एक्सेल के आ, एक कमांड की तरह हो जाएगा हर नया पुराना फाइल पर उसको ईजिली रन कर सकते हैं बट प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको मॉडिफाई करना और, और इसमें एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए हम एडिंस बताते हैं कि आप पब्लिक माइक्रो को ही एडिंस में कन्वर्ट करके और अपने एक्सेल में एक्सेल के फाइल में ऑप्शन में एडिंस होता है इसको यूज करें आगे क्लासे में आपको समझाऊंगा इसके बारे में ठीक है तीसरा जो होता है हमारा होता है इवेंट माइक्रो अब इवेंट माइक्रो क्या होता है जानिए जो नॉर्मल माइक्रो आप बनाते हैं यहां से रिकॉर्ड माइक्रो पर जाकर जब नॉर्मल माइक्रो आप क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल माइक्रो में क्या होता है कि जब आप चाहोगे तभी मान लीजिए ना ये हमारा राजवन है मैं जब चाहूंगा तभी मैं इसको रन कर सकता हूँ ये अपना आप रन नहीं होगा ठीक है मैं बटन पर क्लिक करूंगा शॉर्टकट कर, क्लिक शॉर्टकट दबाऊ तभी यह रन लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा माइक्रो मेरे किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर रन हो जाए जैसे मैं सीट फोर में जहां भी क्लिक करूं कलर हो जाए मैं कलर करने का जो माइक्रो है वो मेरे क्लिक करते ही रन हो जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे, पे, पे जाऊंगा, सॉरी यहां व्यू कोर्ट और यहाँ पे हम अपना लोकेशन और आपका अपना इवेंट सेलेक्ट करके अब प्रोग्रामिंग जो करेंगे यहाँ पे करेंगे ये हमारा होता है इवेंट माइक्रो और प्राइवेट माइक्रो दोनों इसको कह सकते हैं और यहाँ पे मैंने कोड कर दिया कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी वी रेड अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा वो देखिए रेड हो जाएगा एक आता है हमारा इवेंट माइक अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है देखिए पब्लिक माइक यूज एडिज का यूज जब करते हैं जब आप मान लीजिएगा आपने 100, 200, 500 फॉर्मूले बना रखे हैं और चाहते हैं आपको हर फॉर्मूले हर फाइल में फॉर्मूला अप्लाई हो जाए तो इसका यूज करेंगे या किसी को देना है आपको तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते इवेंट मैप यूज होता है जैसे कि डबल क्लिक करने पे वर्क हो जाए सीट ओपन होते ही पासवर्ड पूछे एक्सेल फाइल आपको भेजने के बाद लॉगिन इन आई में पासवर्ड पूछे या एक्सेल फाइल आपके सिस्टम में तीस दिन के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाए या फाइल ओपन होते ही एक मैक्रो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाए इस तरह के इवेंट के लिए हम इवेंट मैप को यूज करते हैं कि मैं कोई काम करूँ कोई चीज़ मैंने कोई ऐसा इवेंट करूँ एक, एक्शन को फॉलो करूँ मेरा माइक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाए अब चलिए प्रोग्रामिंग में चलते हैं बैक टू। तो हमने मोरूल्स के अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी है सब्जेक्ट क्लियर करना बता दिया। अब बात करते हैं कि हम यहां पे सबसे पहला कोड रखे तो क्या रखे सबसे पहला कोर राइट देखिये कोई भी कोड स्टार्ट होती है चार से पहला हमारा अप्लीकेशन दूसरा हमारा आता है वर्क बुक्स तीसरा आता है शीट्स चौथा आता है रेंज ठीक है तो अप्लीके यहां पे अप्लीकेशन वर्कबुक, बुक शीट्स एंड रेंज तो चार मेन ऑब्जेक्ट है समझिए आ, कि इन चारों पे ही आपका का गा। गाड़ी पहिया चलता है ठीक है ठीक है अब इन चारों में से आ, कौन कौन से टॉप ये चीज मतलब कि कौन कौन से Uh, कौन कब यूज होंगे ये डिपेंड करता है आपके एल्वोरिदम पे अब एल्वोडिदम क्या होता है देखिए क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का बेसिकली कुछ स्टेज है सबसे पहला स्टेज होता है एनालिसिस। मतलब कि आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि आपका प्रॉब्लम है क्या देन होता है एल्गो। उसका एक शॉर्ट शॉर्ट बे आप बनाए एलगोडिदम बोलते हैं उसको देन आता है कोडिंग कोड करें देन होता है आपको टेस्टिंग प्रॉब्लम हुई तो आपको रिकॉर्ड करना है और रीटेस्ट करना है कब तक जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है देन अप्लाई अब एलोदम क्या कहता है देखिए एलोदम में मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ एक छोटा सा बनाता हूँ एलोदम मान लीजिए मुझे आ, यहाँ पे आ, कुछ एक फॉर्मेट बनाना है जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहां पे स्टार्ट मतलब की मैटो को डिक्लेयर किया फिर बोलता हूं सिलेक्ट ए मतलब कि हमने नहीं सिलेक्ट ए वन नहीं मुझे क्रिएट करना है क्रिएट ए न्यू फाइल और यहाँ पे उस फाइल को हमें सेव करना है सेव ए बी सी डॉट एक्सलस एक्स at drive e 2021 folder right uske baad create a new sheets rename as a data select a1 enter name select v1 enter city or select c1 enter ba मार्क्स कर दीजिए या एमार्क भर लीजिए मार्क और यहाँ पे एंड ये हमारा इकदम है अब इसको फॉलो करना है तो चलिए मैं विजुलिस पे आता हूँ और मैं यहाँ पे दो विंडो कर लेता हूँ ताकि मैं दोनों को देख सकूँ अब जो हमारा आ, प्रोग्राम है मतलब कि हमारी जो कोड है लिखना है और डिपेंड करता है तो सबसे पहले तो हम यहां पे मॉडूल हमने यहां पर मॉडूल ऑलरेडी कर चुका हूं एक मोडूल में कई सारे मैक्रो बना सकता हूं और मैक्रो माइक्रोडिक्लेयर किया सब हमने यहां पे टेस्ट वन नाम का मैक्रो बनाया अभी मैक्रो लिस्ट में देखिए टेस्ट अंडर स्कोर आ गया राइट अब यहां पर कहता है स्टार्ट मतलब माइक्रो डिक्लेयर हो गया दूसरा स्टेप क्रिएट ए न्यू फाइल अब फाइल किसको इफेक्ट कर रही है वर्कबुक इफेक्ट कर रही है ना तो यहां पे हमें लिखना होगा कि वर्क बुक्स डॉट ऐड ऐड कर लिया अब बोल रहा है फाइल को सेव करो फाइल को सेव करो तो यहाँ फाइल सेव करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक अब वर्कबुक में लिख लिया क्या है कि जब फाइल क्रिएट होगी तो जरूरी थोड़ी है कि आपका आ, बुक वन हो बुक टू बुक थ्री बुक फाइव भी हो सकता है ना तो लेकिन इतना पता है कि फाइल जो ओपन होता है तो वो आपका एक्टिव होता है तो यहाँ पर आपको कोर्ट का सिचुएशन भी समझना होता है देन सेव एज और यहाँ पे और अपना पात डाल दीजिए कि E स्लैश टू थाउजेंड ट्वेंटी वन स्लैश ए बी सी डॉट एक्स एक्स दूसरा हमारा हो गया तीसरा क्रिएटेड न्यूज शीट अब जो फाइल एक्टिवेट है वही है तो सीट क्रिएट करना है तो सीट को इफेक्ट कर रहा है तो फिर सीट से स्टार्ट करेंगे सीट्स डॉट एक्स और उसको रिनेम करना है न्यू सीट को डेटा से जो सीट एड हुई है वही एक्टिव है तो यहां पे हम एक्टिव सीट डॉट इक्वल टू डेटा अब बात करते हैं रेंज मैंने ए पे कर्जा रखने की तो अभी सीट हमारा वही डेटा सीट एक्टिवेट है हमने अभी सीट चेंज किया नहीं है तो यहां पे लिखेंगे रेंज ए डॉट सेलेक्ट और जो सेलेक्ट है उसी पे नाम लिखना है तो जो सेलेक्ट है उसको यहां पे करते हैं सिलेक्शन सिलेक्शन डॉट जो टाइप करने के लिए हम बोलते हैं वैल्यू वैल्यू इक्वल टू ने अब स्पेलिंग मिस्टेक है तो देखिए वी वरा नहीं हुआ तो प्रोग्रामिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि आप स्मॉल लेटर लिखें वो आपका वर्ड जैसे सही कोड लिखेंगे वर्ड आपका बड़ा हो जाएगा पेस्ट पेस्ट पेस्ट यहाँ पे A1 वन के जगह पे यहाँ पे B1 हो जाएगा और नेम के जगह पर हो जाएगा सिटी और ये आपका C1 तो एल्बोडिज्म हमें मदद करता है अपने कोड को सही तरीके से लिखने में अब जैसे यहाँ पे देखिए हम वर्कबुक ऐड करेंगे तभी तो सेव करेंगे और हमें सीट ऐड करना कब है फाइल ऐड करने के बाद तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको एल्गोरिदम बताता है तो एल्गोरिदम बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में तो आप जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाएं तो पहले उसको जरूरी नहीं एक्सेल सौ सीट पर ही पहले आप नोटपैड में नोड़, नोड़, नोड़ में नोट मैं नोटबुक में पेन पेंसिल से एक उसकी ब्लू चार्ट तैयार कर लें कि आपको आखिर करना क्या स्टेप्स ये स्टेप्स ज़रूरी है steps. वैसे मान लीजिए आप अपना कोई रिपोर्ट ऑटोमेट कर रहे हैं तो चलो आपको सब कुछ पता है दिमाग में है गलती करोगे तो उसको सही कर करोगे थोड़ी बहुत गलती करोगे लेकिन अगर आपने किसी और का बनाया जैसे मान लीजिए कि जगदीश जी ने आपको ललित जी को दिया कि भाई मेरा ये मैक्रो बना दीजिए आप अब जगदीश जी को बता दिया कि फला फला फला काम होता है ऐसे जाता हूँ ऐसे जाता ऐसे ऐसे करता हूँ यहाँ कंडीशन लेता हूँ आप डेटा लेता हूँ बगैर वगैरह अब सारी चीज़ें याद तो नहीं रहेगी हो सकता है कि हमने आ, कोई चीज मिसअप मिसमैच कर दी हमने डेटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया उसके बाद पीवर्ट लगाना था हमने पीवर्ट का कोड पहले दिया, डेटा सिलेक्शन बाद में किया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर क्योंकि यहां स्टेप्स को फॉलो करना होता है और ये जो रन होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है तो अगली क्लासेस में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि इन चारों को हम को पढ़े तो फिलहाल हम एप्लीकेशन को छोड़ेंगे हम वर्कबुक से शुरू करेंगे तो अब जिसे बेसिक एक्सेल आपने पढ़ा था उसी बेसिक एक्सेल को हम बताएंगे कि भाई फाइल कैसे क्रिएट होगा सेव कैसे होगा ओपन कैसे होगा ये सारे कोड जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और कोड लिखने का तरीका समझाएंगे ठीक है ठीक है चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम